नमस्कार साथियों बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नवरात्रि के इस दूसरे दिन की साथियों कल हम बात कर रहे थे कि किस तरह से दुर्गा के बारे में बहुत से प्रवाद जो हैं विभिन्न जगहों पर फैलाए जा रहे हैं और इसलिए जो है यदि किसी राज्य ने ये पहल की कि कैसे दुर्गा सप्तशति का पाठ जो है मंदिरों में कराया जाए तो वो इसलिए भी जरूरी था कि एक तरह की जाति स्मृति से हमारा समाज धीरे धीरे वंचित होता जा रहा है हमारे शास्त्रों में तो ये कहा गया था कि तस्माताम पूजित बालाम सर्व जाति सम्भवा कि सब जातियों में उत्पन्न कन्याओं की पूजा करनी चाहिए और ये भी कहा गया था कि जाति भेदों न कर्तव्य कुमारी पूजन शिवे यानी कुमारी पूजन में लोग जाति भेद नहीं करते और ये भी कहा गया कि जाति भेदान महेशानी नरकांत निवर्तते कि जाति भेद करने वाला नरक में जाता है तो जिस भारत में ऐसा कहा गया था उसी भारत में अब यह स्थिति है कि कुछ विश्वविद्यालयों में कुछ दूसरे ही तरह का प्रचार चल रहा है दुर्गा के विरुद्ध अब महिषासुर शहीद दिवस ऐसे विश्वविद्यालयों में मनाए जा रहे हैं और वहाँ होने वाले भाषणों में दुर्गा को पिछड़ों और शूद्रों की वधकर्ता के रूप में बताया जा रहा है मुझे एक विश्वविद्यालय याद आता है कि जहाँ एक डीन जो हैं दो में पूर्गा पूछा पंडाल के सामने खड़े होकर कॉलेज के वामपंथियों से यह आह्वान करने लगे कि हवन कुंड तोड़ दो और मूर्ति को परिसर में फेंक दो नतीजा ये हुआ कि विश्वविद्यालय में छोटा मोटा दंगा हो गया फिर 2011 में जो है एक इवेंजलिस्ट पत्रिका है फॉरवर्ड प्रेस उसने दुर्गा कथा की पुनर्व्याख्या प्रस्तुत की और उसने कहानी ये उगड़ी कि दुर्गा पूजा का मूल जो है वो भारत पर आर्य आक्रमण में है और महिषासुर दरसल एक भैंस पालक ट्राइब का नेता था और यहाँ उसे आज के यादवों से भी जोड़ दिया गया और यादव शक्ति नाम की एक हेट पत्रिका है उसमें उससे पहले योजना पूर्वक पब्लिश कराया गया और इस इवेंट पत्रिका ने तो मात्र उसे रिप्रिंट किया ये बताया गया कि महिषासुर जब आर्यों के द्वारा सीधी लड़ाई में नहीं हराया जा सका तो उन्होंने दुर्गा नामक एक वैश्या का सहारा लिया जिसने महिषासुर के साथ कई दिन हनीमून मनाया और बाद में उसे नवे दिन मार डाला यादव शक्ति नामक उस अल्प ज्ञात पत्रिका में तो यह संभावना ही प्रकट की गई थी लेकिन इस इवें पत्रिका ने उसे ऐसे पेश किया मानो वो कोई ऐतिहासिक विवरण हो सन 2011 में फिर एक और नई चीज आई ऑल इंडिया बैकवर्ड स्टूडेंट्स फोरम उसने इसे अपने फोरम में प्रयुक्त करना शुरू किया और परिसर के भीतर पिछड़े वर्ग के ही छात्रों ने इसका विरोध भी किया था इस रेसिस्ट और मनगणंत बात पर इस परिसर के जिस विश्वविद्यालय परिसर की मैं चर्चा कर रहा था किसी प्राध्यापक की हिम्मत नहीं हुई कि इसका विरोध करे इसमें चूंकि दरारों को दुग्ना करने की जबरदस्त संभावना थी तो शीघ्र ही कहा गया कि महिषासु शहादत दिवस का आयोजन किया जा रहा है वामन मेश्राम कांचा एलिया प्रोफेसर तुलसीराम प्रोफेसर चमनलाल जी की सदारत में दो में एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित हुआ और उसमें यह कहा गया कि देश के चौहत्तर जिलों में महिषासु दिवस मनाया जाता है अब महिषासुर जो है एक वीर आत्माभिमानी द्रविड़ बन गया और दुर्गा एक सेक्स वर्कर बन गई इसलिए मैं कहता हूं कि ये जरूरी है कि जब ऐसी गलतफहमियां फैलाई जा रही हों तो जो है हम शांत क्यों रहें और दुर्गा सप्त के मूल पाठ को एक बार फिर पढ़कर स्वयं ही संतुष्टि क्यों न कर लें कि वस्तु स्थिति क्या है यानी मैं आज भी हैरान हूं कि कैसे भारत के महिला संगठन नारी की गरिमा के ये जो महत्तम प्रतीक हैं दुर्गा के रूप में इसके नितान्त आधारहीन अवमूल्यन पर खामोश रहते हैं जो सेक्स वर्कर्स के अधिकारों के लिए जुलूस निकालते हैं उन्हें एक देवी को सेक्स वर्कर बताने में वैश्य बताने में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगता नारी सशक्तिकरण पर भाषण फटकारने वाली वहाँ की प्राध्यापिकाओं को शक्ति के साक्षात आयतन को कलंकित करने वाली जबान दराजियों में कुछ भी प्रतिरोध्य नहीं लगा और ये शायद इसलिए हो सका क्योंकि इन आधुनिकाओं ने कभी दुर्गा की मूल कथा श्रीमद देवी भागवत भी नहीं पढ़ी इन्होंने दुर्गा सप्तशती भी नहीं पढ़ी इन्होंने वो मार्कंडीय पुराण भी नहीं पढ़ा कि जिसमें ये दुर्गा सप्तशती की कथा आती है ये नारी मुक्ति के मेटाफर में जीने वाली मुक्ति देने वाली शक्ति को क्या जानती यह एक प्रश्न हमें अपने आप से पूछना होगा कि क्या दुर्गा को एक वैश्य बताना भारत में राष्ट्रवाद के नए उभार को रोकने की कोशिश तो नहीं है इस प्रश्न का उत्तर इस बात में है कि भारत में राष्ट्र की संकल्पना के साथ देवी जुड़ी हुई है इस महिषासुर मूल षड्यंत्र की जिसकी मैं चर्चा कर रहा था उसमें दुर्गा और इस असुर की बात की गई लेकिन उन महानुभावों को ये नहीं मालूम कि मध्यम चरित्र की नायिका जो है महालक्ष्मी है दुर्गा नहीं है यहाँ देवी स्वयं कहती है कि मेरा नाम महालक्ष्मी है और ये भी ध्यान दें कि वैदिक शीर्ष उक्त में श्री की जो बात आई है लक्ष्मी की जो बात आई है वो राष्ट्र की बात के साथ है प्रादुर्भूतों उसमें राशस्मिन कीर्तिम वृद्धिम ददातु में वहाँ ये कहा गया है उस शेष उप्त में तो इस देवी और माँ की राष्ट्रावधारणा ने हमारे राष्ट्रप्रेम का एक अलग तरह से विकास किया है बंकिम ने वंदे मातरम गीत में दुर्गा दश प्रहर धारिणी कमला कमलदल दल विहारिणी के रूप में भारत माता की कल्पना की थी इसने राष्ट्रता की भावना को सगुण बनाया था और देश को एक फार्म दिया था एक शक्तिशाली रैलिंग सिम्बॉल दिया था महान कलाकार अवरीन्द्र टैगोर उन्होंने भारत माता नाम की एक पेंटिंग बनाई थी सिस्टर निवेदिता ने द स्पिरिट ऑफ मदरलैंड नामक एक आर्टिकल लिखा था तो भारत माता के देवियों की तरह चार हाथ और आभामंडल जो हैं वो राष्ट्र के साथ एक रूहानी सा रिश्ता बनाते थे रिपेन्टेंट रिवॉल्यूशनरी के नाम से अपना संस्मरण लिखने वाले सेन हैं उन्होंने उस चित्र का असर भी बताया था उन्होंने कहा था आई रिमेंबर सींग द पिक्चर ओवर एंड ओवर अगेन एंड एवरी हैविंग माई हार्ट फील्ड विद इमोशन इसलिए यदि दुर्गा सप्त की याद जो है आज की जा रही है तो वो राष्ट्र के संदर्भ में दुर्गा की संकल्पना जो है वो कैसे व्यवहार्य हो सकती है उसको देखने के लिए की जा रही है और ये एक मैं पुनः कहूंगा कि स्वागत योग्य बात होनी चाहिए यार dad। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या बिल्कुल रहेंगे